छतरपुर में पॉलिटेक्निक के एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है जिसमें बेल्टो दंडो और गुम्मा से अन्य छात्रों ने छात्र को पीटा मारपीट का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कॉलेज छात्रों के साथ मारपीट के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं एक ऐसा ही मामला आया है छतरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से जहाँ कॉलेज के एक छात्र को अन्य छात्रों ने बेल्ट दंडो से पीटा